हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटे वाला बैलाइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए गाइस आज हमने किया है क्लैसे गेम शुरू तो तो गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे साथ एककर एक आया है जो कि गाइज आप कह रहे होंगे तुम हैकर लेकर खेलते हो ऐसा कुछ नहीं है गाइज हमने एक गेम स्टार्ट किया था तो साथ में एकर आ गया था तो यही सीन था तो गाइज आपको दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो कि हैकर कैसे खेलता है गैज अब हम मर गए सामने वाले ने मार दिया पीछे से आकर तो गाइज हमारे साथ एक हैकर है वो आपको मैंने पहले से ही बता दिया है और आपने थंबनेल लग के पता लगा दिया होगा कि हमारे साथ हैकर है तो गाइज हैकर कैसे खेलता है और क्या सीन रहता है तो देखिए गाइज अब तीसरा तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया है तो गैज देखते रहिए क्या सीन रहता है सामने चलते ये इसको डाउन किया उसने त्यालीस का लगा डाउन डाउन में में भी में भी लगता है तभी मजा आ जाता है बहुत चौथा राउंड स्टार्ट हो गया है कैसे चौथा राउंड स्टार्ट हो गया है तो क्या होता है देखते रहिए गाइज चौथे राउंड में क्या होता है गाइज देखिए क्या होता है जीत पाते या नहीं जीत पाते बुझा होता या नहीं होता न, क्या कहते हैं लास्ट मैप है लास्ट मैप सोरेन क्या कहते हैं लास्ट चार लास्ट राउंड रहे है तो देखते रहिए चार हो गए तो हम जीत जाएंगे गाइज और नहीं जीत पाए वो रहा हमारे साथ है हमारे साथ वाला बंदा वो रहा है हैकर वो गाइज ऊपर उड़ रहा है वो हैकर ही है वो नीचे गिरा वापिस वो नीचे आया अभी ऊपर जाएगा गाइज देखते रहिए गाइज हमारे साथ हैकर भी है हम गैज हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम हैकर लेके खेलते हैं हमने गेम स्टार्ट किया तो हमारे साथ आ गया हैकर गैज वो देखो ऊपर बता रहा है ऊपर बता रहा है हमारा बंदा ऊपर है हवा में ये देखो यही रहा है, ये हैकर है जो है हवा में है यही हैकर है गाइज ये हैकर है ऊपर चक जाओ ऊपर उड़ भी मार रहा है गैज देखिए हैकर कैसे खेलता है गैज आपने देख लिया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय